फाइव अमेजिंग फैक्ट्स नंबर वन दुनिया में 11 प्रतिशत लोग बयात का इस्तेमाल करते हैं नंबर टू सितंबर में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं इसलिए सितंबर में सबसे ज़्यादा जन्मदिन मनाए जाते हैं नंबर थ्री भालू के 42 दांत होते हैं नंबर फोर दुनिया के 85 प्रतिशत पौधे समुद्र के अंदर होते हैं फिर नंबर फाइव की सबसे छोटी बड़ी स्टैपीज होती है क्या यह सब आप सबको मालूम था कमेंट करके ज़रूर बताएँ